हेलो तो दोस्तों आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आगे अपन अकाउंटिंग वाउचर में काम करते हैं कैसे क्या आपने लॉग करते हैं कंपनी को कैसे काम करेंगे तो सबसे तो तो तो पहले सिलेक्ट कंपनी में जाते हैं कि कल अपने कंपनी क्रिएट कर ली थी तो बताते हैं सलेक्ट कंपनी में क्या क्या होता है सिलेक्ट कंपनी में कंपनी सेलेक्टेड नहीं होती है जैसे अपन ने कल बनाई थी अजय प्राइवेट तो इसने अपन के पासवर्ड भी रखे थे तो पासवर्ड भी लग गए तो आपको मैं बताता हूँ कि आगे क्या करना है तो इसमें सेलेक्ट कंपनी में आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हो कनेक्ट में कम कंपनी को कनेक्ट कर सकते हो सेट कंपनी कंपनी बंद भी कर सकते हो अल्टर में आप जाके डिलीट भी कर सकते हो तो बताता हूँ कनेक्ट कंपनी ये आगे कैसे होता है जैसे ही आप सेट कंपनी जाओगे सेट कंपनी के अंदर करते आपके ये जो कंपनी ओपन की बंद हो जाएगी तो आप अल्टर में जाओगे अल्ट्रा क्लिक करते आपकी कंपनी का अपनी कंपनी का नेम आ गया तो इसको अल्ट प्लस डी से डिलीट कर सकते हैं तो ये ऑप्शन आ गया डिलीट का तो अपन अभी डिलीट नहीं करेंगे तो फिर अपन इसमें बैग लेते हैं और लॉगिन करेंगे दिन तो इसमें सब ये नाम ऐसे से आएगा अजय प्राइवेट लिमिटेड अड्रे, अड्रे, एड्रेस में जो भी आप एड्रेस डाल डाल दो कंट्री इंडिया है ही राजस्थान है ही ये फ़ोन नंबर वगैरह सब डाल सकते हो आगे तो बस यही होगा इसमें तो अपन अब बैग जाते हैं तो उसके अंदर आपको अकाउंटिंग वाउचर में देखो चलो देखते हैं आप एसकेब से पीछे जाना है बैकअप भी ले सकते हैं रिजटोर बैकअप एट प्लस फाइव से लेते हैं देखो बैकअप लेना सीखाता हूँ क्या सी फोल्डर में बैकअप लेना है कौन सी कंपनी लेना है एज प्राइवेट लिमिटेड तो एंड ऑफ कर दो एक्सेप्ट कर दो उसको रिस्टोर करके और आप वापस उस कंपनी को ला सकते हो तो ठीक है अपन अब जलते हैं अकाउंट इन्फो के अंदर इसमें दो वाउचर तो बने हुए आते हैं मतलब दो लेजर जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का और कैश का बना हुआ होता है तो अपन को है ना परचेज का और सेल का बनाना है अब जाएंगे तो इसमें इम्पोर्ट डाटा में तो अपन जो भी डाटा है उसको फाइल बना अपलोड कर सकते हैं ऑडिट एंड फीचर में बात बोलता हूँ आपको बैलेंस शीट के अंदर आपको प्रॉफिट लॉस मतलब हर चीज़ बता देगा और जो प्रॉफिट लॉस है इसमें तो हर चीज़ बताएगा जो आपको लॉस हुआ है या, या प्रॉफिट हुआ है सब बता देगा रेश्यो के अंदर आपको सबका रेश्यो मिलेगा हर चीज़ का डिस्प्ले के अंदर आपको बताएगा कि आपको क्या क्या देखना है इसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सब देख सकते हो आप इसके बाद अकाउंट इन्फॉर्म जाएंगे अपन और लेजर क्रिएट करेंगे लेजर नहीं करेंगे क्रिएट करेंगे क्रिएट में जैसे नाम डाल दो परचेज तो आप यहाँ परचेज डाल रहा हूँ तो परचेज जब आपको रखना है यहाँ परचेज अकाउंट जो बनाना है तो ये परचेज अकाउंट अब आपको जाना है इस परचेज अकाउंट सर्च करना है तो परचेज अकाउंट हो गया और बाकी आपको यहाँ पे यस रखना है और आपको कुछ नहीं करना है आगे नोट एबलिक रखना है आगे और बस सेव कर देना है इसको आपको तो ये होते ही अपन को यहाँ पे अब सेल्स सेल्स का बनाना है सेल्स अकाउंट तो ये दोनों लेजर बनाने जरूरी होते हैं तो पहले आपको इसमें बनाना सीखाऊँ क्या क्या करते हैं तो अंडर के अंदर इसमें सेल्स अकाउंट आएगा इन्वर्टर वैल्यू फैक्टर रखनी है हमेशा फिर आपको मैं अकाउंट्स के बाद बढ़ाऊँगा फिर इन्वर्टर बढ़ाऊँगा तो सेव कर लेना सेव करने के बाद डिस्प्ले करोगे तो चारों के नाम आ गए केस प्रॉफिट एंड लॉस परचेज और सेल अकाउंट तो आप आप नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट के अंदर आपको ये यहाँ से डिलीट कर सकते हो एल्ट प्लस डी से जाके डिलीट कर सकते हो अल्टरनेट डिट हो गया ये देखो जैसे आप परचेज अकाउंट पर क्लिक किया एल्ट प्लस डी डब तो ये डिलीवरी को ऑप्शन आ गया तो यहाँ से डिलीवरी कर सकते हैं गलत बन गया हो तो तो अब आप है ना अकाउंट इनफॉर्म जाएंगे आपको अकाउंट इन्फॉर्म नहीं जाएंगे अब अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे जैसे अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे तो आपको बताऊंगा कि एफ़ नाइन से परचेज़ करना है अपन को परचेज पेमेंट तो करनी है नहीं एफ से करना है परचेज अब इसको कंट्रोल भी दबा के और ये तो बाद में इन्वेटर में आएगा कंट्रोल भी दबा के ऐसे आ जाएगा इंटरफ्रेंस तो इसमें रजिस्ट्रेशन बोस इनवॉइस नंबर कुछ भी डाल दो इसमें केस पहले शुरुआती अपन केस से करेंगे उसके बाद कितने मतलब कितना का माल खरीदना है केस में तो जैसे 50,000 हज़ार मान लिया तो 50,000 का माल खरीद लिया। जैसे करोगे 50,000 तो अपने ये अपने माइनस में जाएंगे क्योंकि अपनी पूंजी लगी इसमें तो परचेज अकाउंट में जाकर और ये पचास परचेज अकाउंट में गए तो अपा ने पचास का माल खरीद लिया तो अब यहाँ पर सब ये हो गया आपको सेव करना है अब जाएंगे सेल्स से अब सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो इसमें रेफरेंस नंबर जो भी कुछ भी डाल सकते हैं अपन अभी अपन को एग्जांपल ये ऊपर नहीं है तो आपको बता रहा हूँ तो इसमें केस आपको पहले केस से काम लेना पड़ेगा तो अपन को बेचना है बेचने कितना 25000 चलो 25000 ये भी माइनस में जाएँगे फिर सेल करेंगे सेल करेंगे अपने पचास की चीज़ को पच्चीस में बेच दिया तो लॉस हो गया पच्चीस तो आप अपन प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे अब जाके तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आ गया तो इसमें क्या होता है देखिए बता रहा है ना ग्रॉस लॉस मतलब 25000 हज़ार का लॉस हो गया 50000 की चीज़ खरीदी और पच्चीस में बेचती तो लॉस हुआ 25000 का तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर पच्चीस अकाउंट में देख लेंगे कि कैसे कि क्या किया है आपने ये 50000 का माल खरीदा है ये देख लो वैसे माल खरीद लिया अपन ने पच्चीस हज़ार पच्चीस हज़ार बेचा है तो लॉस हो गया अपन को पच्चीस का अब वापस जाएँगे अपन अब अपन ना अकाउंटिंग अकाउंटिंग वाउचर में जाएँगे तो नहीं यहीं पर काम नहीं है ये तो अब आप को है ना इसमें वापस ओवर माल खरीदना पड़ेगा अपनी इच्छा है वो तो केस करके और केस के अंदर जैसे पाँच हज़ार का माल खरीद लिया पाँच हज़ार का माल खरीदेंगे परचेज अकाउंट लग लगाना है यहाँ पे आइटम नाम लिख सकते हैं और एक्सेप्ट कर देना है इसके बाद सेल्स अकाउंट इसमें कंट्रोल भी दबा के और सेल वाला बेचना है अपने को तो अब यहाँ पर बाई केस में आएगा केश बेचना है फिर बाद में अपन को राजस्थान सर्च करो केस सर्च कर लेना है और केस में अपन को छियासठ सौ रुपया अच्छा छप्पन हज़ार पचास हज़ार सेल्स अकाउंट मतलब आपने पाँच हज़ार की चीज़ को सा पचास हज़ार बेच दिया तो अपन प्रॉफिट हो गया अब जाके प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे प्रॉफिट और लॉस में देखेंगे अपनों को बेनिफिट हो गया उन्नीस हज़ार तो नेट प्रॉफ़िट तो होता है कि टोटल प्रॉफिट अपन को हुआ है ग्रोथ प्रॉफिट मतलब किराया विराया लगा के सब तो उनको टोटल आता है तो ये आता है तो मैं आपको बाद में बताऊंगा इसके बारे में तो नेक्स्ट है आप देख लो कितनी बार सेल किया कितनी बार क्या किया है तो यहाँ पे आप, आप डिलीट भी कर सकते हो उस ओल्ड प्लस डी से इसके मुझे तो क्लिक करके ठीक है परचेज अकाउंट में गए अप्रैल अप्रैल में क्लिक किया आप पैक आ गए पैक हैं अपन जाना है, अकाउंटिंग वाउचर में नहीं जाना है अपन जाना है अकाउंट इन्फो के अंदर फिर बाद में पेमेंट वगैरह या करनी है अपन को तो सबसे पहले जाएंगे अकाउंट इन्फो के अंदर जैसे अकाउंट इनफॉर्में जाएंगे तो लेजर क्रिएटर करना है सीआरडीआर का सीआर का मतलब लेना और डीआर को मतलब देना मतलब सीआर आर से अपन को माल खरीदना है और डीआर को माल बेचना है जैसे राम सीआर अकाउंट मतलब क्रेडिटर सेल्स क्रिएटर तो अपन को अंडर के अंदर यहाँ पे क्रेडिटर अब देखो नीचे आ जाएगा सेंट्रिक क्रेडिटर मतलब आपको इससे माल खरीदना है बाद में इसको पेमेंट भी पे करनी पड़ेगी माल खरीदा है तो पेमेंट भी देनी पड़ेगी इसको तो इसमें कुछ नहीं करना है बाकी सबको यस कर देना है जैसे आप कंप्लीट होगा तो आपको एक डीआर का भी बनाना पड़ेगा जिसको बेचोगे तो उसका भी बनाओगे ना तो शाम डीआर अकाउंट अकाउंट लग डी आर लगा देना नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा तो यहाँ पे सेंट्री डेबिटर, यहाँ पे सबको नो रखना है और इनोवेटर वैल्यू इफेक्टेड को यस रखना है तो और कुछ नहीं करना है और सेव कर देना है अब जाएंगे अपन अकाउंटिंग वाउचर में हाँ तो अब जाएंगे परचेज के अंदर परचेज कंट्रोल भी दबाना है अपन को जैसे सप्लायर कोड कुछ भी डाल देना उसके बाद में अपन को राम से ख़रीदना है तो राम से यार अकाउंट इसमें आइटम नेम कुछ भी डाल सकते हैं इसमें एड्रेस वगैरह ये सब राम से नोट आता है तो इसमें एंड ऑफ लिस्ट करके आगे रास्थान यस अभी कितने का माल खरीदना है अपन को जैसे पाँच का माल खरीदना है तो आप परचेज़ अकाउंट में खरीदेंगे परचे अकाउंट में गया कि क्या क्या माल खरीदा है पाँच हज़ार में ख़रीद लीजिए जो भाई टोटल पाँच हज़ार मतलब उधार ले ली एक तरह से मान लो परचेज अकाउंट में पर। अब क्या करना है आप लोगों सेल करना है सेल करने के लिए कंट्रोल भी दबाना पड़ेगा सेल्स में तो बेच आएगा फिर अंदर आप लोगों को श्याम मतलब तो डी को बेचना है तो अपन को है ना यहाँ पर श्याम डी आर वगैरह वगैरह सब डल जाएगा तो कितने में बेचोगे मान लो छः बेच दिया सेल्स अकाउंट तो एक केस में ये हो गया 6000 बेच दिया अब अपन को क्या है पेमेंट भी लेनी पड़ेगी और रिसिप्ट रिसिप्ट मतलब अगले को पेमेंट करनी भी पड़ेगी और लेनी भी पड़ेगी तो पेमेंट करने के लिए F5 फाइव पहले प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो अपना फ़ायदा हो गया नेट प्रॉफिट ये परचेज अकाउंट में देख लो तो अपन ने आराम आर से से पाँच का माल उधार लिया तो हमेशा दाहिने हाथ पे खर्चे होते हैं हो और बाहिने हाथ पे लाभ होता है इसमें और आप जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में अब अपन को अगले